क्राफ्टिंग चैनल आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि यूट्यूब पर डिसलाइक बटन क्यों हट गया यूट्यूब पर डिसलाइक बटन क्यों हट गया लोग ये बोल रहे हैं अपने कुछ नहीं लग रहा है यूट्यूब में वो डिसलाइक बटन भाई से, कोई सेंस है इस बात का मुझे चीज़ बताओ यूट्यूब पर डिसलाइक बटन है जितने भी लोगों को आपको इंटरनेट पर फोटोज मिली है जैसे अभी रिसेंटली देखी है मैंने इसमें आ, मैं अभी आपको सब करके बताऊँगा कि इसमें

क्या बोलना चाह रहे हैं YouTube को क्या ऐसी दिक्कत आ गई है YouTube ने डिस बटन डाल दिया है सारे रीजन्स सारे रीजन्स मैं आपको बता दूंगा तो सबसे पहले तो हम सुनते सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो इंस्टाग्राम को फॉलो करो इंस्टाग्राम पर मैंने गिव अवेगा ऐसे ही डाल दिया था बट तो इट वॉज ए प्रैंक फॉर यू और वो वो गिव अवे होगा मेरे वन सब्सक्राइबर्स पे या फिर मैं कभी भी उसे

लाइव कर दूंगा वो फ्रैंक था एक तो वो मैं लाइव नहीं करने वाला था मैंने तो ऐसे ही बोला था कि वन के पे लाइव मैं कर दूंगा उसको टू पे पे वो ऐसे ऐसे ही एक फ्रैंक था फॉर यू so सो सोज वो एक प्रैंक की तरह ही आप उसे लेना अभी मैं कोई गिव अवे नहीं करने वाला हूँ आप बोलने लग जाओ कि क्राफ्टिंग नो भाई आप तो गिव अवे कर रहे भाई इतना भी बड़ा यूट्यूबर नहीं हो गिव अवे करने लग जाऊँ से कोई गिव अवे नहीं है प्लीज टूअल मत करना मुझको तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये

बहुत ब्यूटीफुल लाइन बोली है जो ये बीबीसी न्यूज ने अपने में है यही तो बात भाई इतनी सी लाइन ना मैं पूरा समझ गया क्या है ये तो 50 तो मैं है से समझ गया यूट्यूब रिमूविंग डिस वाली लाइन में समझ नहीं कि डिसलाइक

YouTube देखो ये यहाँ पर एक चीज़ और आनी चाहिए यहाँ आना चाहिए डिस काउंट इसने डिसाइक बटन नहीं है हटाया बट मैं एक चीज़ सोचा डिसलाइक बटन तो हट ही गया ना ऑलमोस्ट क्योंकि काउंट दिखा नहीं रहा तो उससे मेरा लिया बट हाँ ऐसे नहीं लिखना चाहिए आपको काउंट भी लिखना चाहिए एंड जितना ये सीन मैंने देखा है ऑल्सो यूजर्स विल नो लॉन्गर सी हाउ मैनी डिसो कॉल तो अभी आप देखोगे तो थोड़े दिखा देगा बट बाद में नहीं दिखाएगा

और एक और एक इसमें चीज़ है कि पहले तो सिर्फ पैसे ही रहा टेस्ट के लिए रखा गया था बट अब इसे परमानेंट कर दिया है और अब मैं आपको सबके रीज़न बताऊँगा सबसे पहले यूट्यूब रीजन मेन जो रीज़न है यूट्यूब कहना चाहता है कि इससे आपकी हेल्थ मेंटल हेल्थ डिसलाइक्स आने से आपकी मेंटल जब आप अकाउंट देखते हो तो मेंटल हेल्थ हो जाती है लोग आपको ट्रोल करते हैं लोग आपको कमेंट्स

हेट कमेंट्स करते हैं गंदे कमेंट्स करते हैं कि आ अरे आप तो भी वीडियो ही नहीं चलेगी तेरी और लोग बहुत ज़्यादा आपको डीमोटिवेट करते हैं जिससे लोग सिक, डिप्रेशन उन्हें काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा वो हो जाते हैं ये YouTube ने रीज़न दिया है अपनी वीडियो में YouTube ने एक वीडियो डाली है अपने मेन यूट्यूब वाले चैनल मेन चैनल पर कि डिसक बटन क्यों रिमूव कर दिया जिसमें एक यूट्यूब के किसी मेम्बर ने बताया कि क्यों करा

तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा रीज़न नहीं था YouTube के लिए यूट्यूब ये भी बोल सकता था, था कि डिस्ला बटन ने इसलिए हटा का अकाउंट इसलिए हटा दिया क्योंकि लोग जब वो लो देखते हैं तो अच्छी वीडियो की भी जो रेटिंग है वो डाउन चली जाती है ये एक यूट्यूब के लिए अच्छा रीज़न हो सकता था बट YouTube ने ये रीज़न दिया जो कि गलत है इसे नाइनटी क्रिएटर्स ए नहीं करते कि भाई क्यों हटा दिया क्यों हटा दिया भाई क्यों हटा दिया अब भाई ये तो बात हो गई क्यों

गया है के साथ से, एक बहुत ना अब हम हैं हैं वेबसाइट वेबसाइट वेबसाइट के साथ से। so, साथ के के से से से तो ये ये ये ये ये ये जो जो है ये है तो जो न, है है है बिल्कुल गलत क्योंकि बोल रहा कि कि इसमें रहे मैंने पढ़ा जितने भी डिस्करे

तो ये जितना भी आपको बहुत कम होने लग जाएगा डिसलाइक कम हो जाएंगे कोई अब एक चीज बताओ किसी की वीडियो पर डिसलाइक्स अगर ज़्यादा होते हैं तो ही कोई ट्रोल करता है ज़्यादातर तो हम डिसलाइक नहीं दिखाएंगे तो वो तो ये सोचेगा ना कि हाँ ये वो है बट हाँ YouTube अगर डिसलाइक्स हटा रहा था तो उसे काफ़ी अच्छा ध्यान में चीज़ देखनी चाहिए जैसे कि डिसलाइक का अकाउंट अगर हटा रहे तो जो डिमोटिवेट कमेंट्स हैं उनको भी हम एक चाहिए मतलब कोई भी डिमोटिवेट कमेंट्स करें

तो सबसे पहले कि उसको जब वो कमेंट डाले से पहले वो उसमें एक वो चेक हो जाएगी वो डिमोटिवेट कमेंट तो नहीं तो so ये भी YouTube पर थका था जो कि मेरे साथ से नहीं करा और ये जो जितना भी मैंने न्यूज़ अभी तक तो पढ़ी है अब जैसे मेरा चैनल है तो मेरे चैनल पे डिसलाइक्स से दिस्लाग का जो रेशियो है वो 90 एट से आज तक नहीं गया डिसक का

सॉरी लाइक करीशियो एट्टी परसेंट से नीचे नहीं गया मतलब 20 परसेंट से ज़्यादा मेरे डिस नहीं आते अब मेरा चैनल ग्रो कर रहा है ये सब है सब भी मेरे अच्छे खासे आते जाते हैं हर दिन मेरे व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं पर अगर डिसलाइक हट जाएगा तो मेरे चैनल पे व्यूज़ भी बढ़े आएंगे जैसे अभी मेरे ऐसे से ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं वो एकदम ऐसे डिस धीरे धीरे जाएगा क्योंकि लोगों को लगेगा व्यूज़ कम है बट इसमें डिसाइक तो दिखाई नहीं रहा

तो लोगों का मेंटल यह रहेगा नहीं डिस्क डिस आएंगे तो उसमें क्लिक करेंगे और मेरे और व्यूज़ आएंगे और सब्सक्राइब भी लोग करके जाएंगे जो कि काफ़ी है अगर मेरा थोड़ा गला अभी ख़राब है तो थोड़ी वॉइस थोड़ी चेंज आ रही होगी ये एक बहुत बड़ा इशू जो क्रिएट हुआ था उसमें हमें भी फायदा है क्योंकि कि क्रिएटर्स समझ नहीं रहे हैं इस टाइम पर क्योंकि क्रिएटर्स अगर ये बात समझते ना कि हमारा ही इसमें फायदा हमारे ही व्यूज़र आएंगे

तो हम अगर ये चीज़ समझ जाते हैं तो आई थिंक सो हमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला, वाला है बहुत ज़्यादा ही व्यूज़ आने वाले हैं अगर हमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा ना चैनल ग्रो होगा और, और भी लोगों को रिकमेंडेशन जाएंगे इससे रिकमेंडेशन को भी फ़ायदा होता है और इससे हमें ट्रोल्स भी कमाएँगे अगर ट्रोल्स कमाएँगे तो हम और ज़्यादा मोटिवेट होंगे यूट्यूब के यूट्यूब के लिए और यूट्यूब पर हम और वीडियोज़ बनाएंगे

एंड नाइज uh, जितना और ये जो आप ये जितनी भी फोटोज़ देख लो ना इस पे ये दिखा रहा है कि ये डिसलाइक करा दिया डिसलाइक नहीं है डिसलाइक का काउंट हटाए यह डिसाइक आप करोगे तो वो YouTube स्टूडियो में क्रिएटर को दिखेगा आपको नहीं दिखने वाला वो ये है और नाइज यही थी आज की वीडियो आज की वीडियो तो हमने समझा कि ये डिसलाइक काउंट का जो इशू था ये हमने पूरी अच्छे से समझ लिया सो वैस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर एंड बाय बाय